जय हिंद ए जी लेक्चर का भाग चार है जो लोग एक से तीन तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें पिछले वीडियो में हमने 93 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 94 से शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर चौरानबे भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था ऑप्शन ए उन्नीस में बी उन्नीस में सी उन्नीस में या फिर डी उन्नीस में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक पेन और पेपर लेकर बैठा करिए और जो ऑप्शन मिले उस पर टिक करते जाइए फिर लास्ट में आप अपनी टोटलिंग करिए कि, कि कितने सवाल आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तो आपको ये पता चल सके कि आपका स्टेटस क्या है आपको कितनी तैयारी की और ज़रूरत है तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उन्नीस उन्नीस में ही सिक्किम का विलय भारत में हुआ था और उस समय सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 22वां राज्य बना था और उस समय जो है भारत के जो प्रेसिडेंट थे या भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रश्न नंबर पंचानवे निम्नलिखित में से कौन सा युग्मिलित नहीं है ऑप्शन है बयालीसवा संविधान संशोधन का संबंध मौलिक कर्तव्य से है क्या बावनवा संविधान संशोधन दल बदल कानून से है तिहत्तरवा संविधान संशोधन पंचायती राज से है चौबीसवां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध से है इस प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है तो आपसे ने बयालीसवाँ संविधान संशोधन का संबंध मूल कर्तव्य से है हाँ है बिल्कुल सही है बावनवां संविधान संशोधन दल, दल बदल निरोधक कानून से है बिल्कुल है तिहत्तरवा संविधान संशोधन पंचायती राज से है हाँ ये भी है चौरासीवां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध से है तो ये नहीं है चौरासीवां संविधान संशोधन जो है वो 2007 में हुआ था चौरासीवां संविधान संशोधन जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यसभा विधानसभा सीटों की राज्यों में कोई परिवर्तन किए बगैर राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सके और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल थे इससे संबंधित था चौरासी संविधान संशोधन प्रश्न नंबर छियानबे भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस काल में रखा गया है आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दो राज्य का नाम परिवर्तन तीन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चार आईएएस और आईपीएस के बारे में उल्लेख इसको आपको काल क्रम के अनुसार रखना है तो रखिए कालोक्रम के अनुसार तो विकल्प दो राज्य का नाम परिवर्तन ये अनुच्छेद तीन में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद जो है पच्चीस से अट्ठाईस में है और आईएएस और आईपीएस ऑप्शन चार ये अनुच्छेद तीन सौ बारह में है और लास्ट में राष्ट्रपति शासन बचा ये आपका तीन सौ छप्पन में है तो पहले पर आएगा दूसरा विकल्प दूसरे पर आएगा पहला विकल्प मतलब यह है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पहले होगा राज्य का नाम परिवर्तन फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फिर आईएएस और आईपीएस के बारे में उल्लेख लास्ट में जाएगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना प्रश्न नंबर संतानबे राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के बारे में निम्नलिखित बयानों में कौन सा सही है दोनों की तुलना दी गई है इसमें बताना है कौन सा सही है तो आपसा ये देखिए राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं जबकि राज्यपाल कर सकते हैं क्या यह सही है ऑप्शन बी राष्ट्रपति मृत्युदंड दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं ऑप्शन सी राष्ट्रपति मृत्युदंड दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं जबकि राज्यपाल कर सकते हैं ऑप्शन डी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल द्वारा किए गए मृत्युदंड दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि राष्ट्रपति मृत्यु डंडा देश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल को यह शक्ति नहीं दी गई है यही इसमें सही बाकी तीनों गलत हैं प्रश्न नंबर अट्ठानवे भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी ऑप्शन ए उन्नीस बी उन्नीस सी उन्नीस या फिर डी उन्नीस इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1990 में स्थापित की गई थी अंतरराज्यीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद दो में है प्रश्न नंबर 99 किस अनुच्छेद के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां न्यायाधीश को दी गई हैं अनुच्छेद पचास अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 237. बताइए इस इस सही उत्तर क्या होगा? तो इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां न्यायाधीश को दी गई हैं प्रश्न नंबर 100. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए ऑप्शन ए पूर्ण, भी, पूर्ण जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है ऑप्शन बी भी सशर्त बीटो यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते हैं ऑप्शन सी निलंबित बिटो राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं ऑप्शन डी पॉकेट बिटो यदि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति दी जाती है तो इसमें सही कूट का आप लोगों को चयन करना है तो ऑप्शन ए पूर्ण बीटों का संबंध होगा ऑप्शन फोर से जो है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की सकती बी यदि बी का संबंध होगा यदि सदनों द्वारा मतलब दो से संबंध है पी का यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं रोक सकते हैं निलंबित बीटों का संबंध जब एक विधेयक ऑप्शन ए से है जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है और ऑप्शन डी इसका संबंध है राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी ए का फोर से बी का टू से सी का वन से और डी का थ्री से प्रश्न नंबर एक सौ एक भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है कौन करता है ऑप्शन है अकेले सुप्रीम कोर्ट बी अकेले उच्च न्यायालय सी सभी न्यायालयों द्वारा या फिर डी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद बत्तीस और अनुच्छेद दो में बताया गया है प्रश्न नंबर एक तो संसद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के बिना अनुज्ञा के निम्न अवधि तक अनुपस्थित रहता है ऑप्शन ए तीन वर्ष तक बी दो वर्ष तक सी एक वर्ष तक या डी साठ दिन तक इस प्रण्ड का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साठ दिन तक यदि संसद का सदस्य साठ दिन तक लगातार बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को रिक्त माना जाएगा प्रश्न नंबर एक सौ तो तीन न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है ऑप्शन ए न्यायपालिका की सर्वोच्चता में बी संसद की सर्वोच्चता में सी मंत्रिमंडली शासन में या फिर डी कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रश्न नंबर 104 न्यायिक सक्रियता के दो सैन क्या हैं? ऑप्शन ए इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है ऑप्शन दो यह न्यायपालिका को सर्वसत्तावादी तथा ताना बना देता है ऑप्शन तीन यह कार्यपालिका को अनुत्तरदायी तथा लापरवाह बना देता है ऑप्शन चार यह सरकार के तीन भागों में शक्ति विभाजन को धूमिल बना देता है अब आप लोगों को बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है या कौन कौन से न्यायिक सक्रियता के दोष इसमें सही हैं वो बताना है आपको बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए दो तीन और चार दो तीन और चार सही हैं ऊपर वाला नहीं सही है प्रश्न नंबर पांच किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था ऑप्शन ए मोरारजी देसाई बी बी सिंह सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डी मनमोहन सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आने की प्रबलता बहुत ही ज्यादा है इसकी प्रश्न नंबर 105 का राइट आंसर बताइए क्या होगा तो प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पुनरावलोकन आयोग बना था पुनरावलोकन आयोग का गठन सन दो 2000 में हुआ था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और जो आयोग बना था और जो पुनरावलोकन राष्ट्रीय आयोग बना था उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे जो प्रथम अध्यक्ष थे अध्यक्ष जो प्रथम थे वो थे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम एन वेंकट चलैया एम एन वेंकट चलैया नंबर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किए तो जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंत असहमत है सी, दोनों सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से छह माह से ज्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ है ऑप्शन डी राष्ट्रपति ने बिल पर सहमत देने से इनकार कर दिया है अब आप लोगों को बताना है ये कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के पर्याप्त आधार निम्नलिखित में कौन सा नहीं है इसमें कौन सा नहीं है बताना है आपको तो प्रश्न नंबर एक सौ छः के सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति ने बिल पर सहमत देने से इनकार कर दिया है तब यह आधार नहीं हो सकता बाकी ऊपर वाले आधार हैं प्रश्न नंबर 107 भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया यह कथन किसका है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अयर का न्यायमूर्ति पी एन भगवती का ऑप्शन सी उपेंद्र बक्सी का या फिर डी नानी पालकी वाला का प्रश्न नंबर 107 का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपेंद्र बक्सी का प्रश्न नंबर एक संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यों के समर्थन से बी राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन से सी राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन से या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी अब ये आप लोगों को बताना है कि कौन से कारण से या कौन से आधार से संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है चार आधार दिए हैं इसमें से कौन सा सही है तो आप लोगों ने लगा लिया होगा प्रश्न का सही उत्तर तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य के सदस्यों के समर्थन से राज्यसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यह अधिकार दिया गया है प्रश्न नंबर 109 भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है ऑप्शन ए राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा बी संसद के अधिनियम द्वारा सी भारत के संविधान में संशोधन द्वारा या फिर डी उच्चतम न्यायालय से प्रतिवेदन द्वारा तो बताइए इस इस प्रश्न प्रश्न का का सही सही उत्तर उत्तर क्या होगा इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद के अधिनियम द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा प्रश्न नंबर 110 सौ निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 214। बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। प्रश्न नंबर 111, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऑप्शन ए निर्वाचित होता है बी चयनित होता है सी मनोनीत होता है या फिर डी नियुक्त होता है बताइए तो बताया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उत्तर प्रदेश का राज्यपाल करता है प्रश्न नंबर एक सौ बारह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन उन्नीस सौ की अध्यक्षता किसने की थी बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही है सवाल है ऑप्शन ए श्रीमती एनिपिसेंट बी एस एन बनर्जी ने सी मदन मोहन मालवीय ने या फिर डी एसी सी मजूमदार ने इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता होना ही चाहिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एसी सी और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है नीचे दी गई सूचियां हैं। सूची में प्रधानमंत्री जबकि सूची दो में सरकारें हैं इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को तो देखिए आप चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे हैं देवगौड़ा ये भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ये भी रहेंगे और मोहन सिंह ये भी रहे, रहे तो इसमें आपको दो में कैसे सरकार इनकी बनी थी ये बताना है तो देखिए चंद्रशेखर का संबंध जो था और राष्ट्रीय मोर्चा से था ऑप्शन फोर देवगौड़ा का संबंध जो था वो संयुक्त मोर्चा से था उनकी जो गवर्नमेंट थी वो संयुक्त मोर्चा थी अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा पर सरकार बनी थी और मनमोहन सिंह की जो सरकार बनी थी उस सरकार का नाम था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे आज हम सब लोग यूपीए कहते हैं और जबकि अटल बिहारी वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एन कहते हैं एन डी और ये यूपीए कहते हैं इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए का फोर से बी का वन से सी का टू से और डी का थ्री से प्रश्न नंबर 114 नीचे दो वक्तव्य दिए हैं एक को कथन वक्त्य तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है इन वक्तव्यों के संदर्भ में वक्त उल्लेखित से सही उत्तर कोट का चयन कीजिए तो कथन कथन देखिए क्या क्या है कथन ये क्या है एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन सत्य पर कब्जा जमाना होता है, कारण क्या है? दबाव चुनाव नहीं लड़ते है। तो यह बिल्कुल कारण सही है क्योंकि दबाव समूह का काम चुनाव लड़ना नहीं होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए गलत है किंतु आर सही है क्यों क्योंकि दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना नहीं होता है यह बिल्कुल सही है एक सौ पंद्रह नीचे दो सूचियां दी गई हैं सूची वन में निर्वाचक समस्या निर्वाचिक सुधार हैं इन दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए तो सूची वन देखिए जिसमें है निर्वाचक समस्याएं सूची टू में निर्वाचकी सुधार ऑप्शन ए है मतदाताओं का जाली पंजीकरण इसका निर्वाचकी सुधार क्या हो सकता है तो ऑप्शन फोर फोटो पहचान पत्र ऑप्शन बी है मतगणना में देरी तो इसका निर्वाचक सुधार क्या हो सकता है तो इसका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इससे जल्दी हो जाएगा फिर ऑप्शन सी है निर्वाचन के दौरान हिंसा इसका निर्वाचन की सुधार हो सकता है कि चरणबद्ध मतदान और अत्यधिक उम्मीदवार इसका निर्वाचन की सुधार हो सकता है अभ्यर्थियों की जमानत राज बढ़ाया जाना है तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ए का फोर से एक का फोर से हो गया ए में भी है और सी में भी है फिर बी का थ्री से बी का थ्री से ए में है और बी में भी है फिर सी का वन से सी का वन से और सी का टू तो टू वाला हो गया गलत इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा सूची वाले आप लोग कायदे से देख लीजिए क्योंकि सूचियाँ इस तरह की बहुत सारी आते हैं जिसमें एग्जामनर को एक ही सवाल में पाँच छः सवाल मिल जाते हैं इसलिए एग्जामनर आजकल के ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे ले हैं कि सूची देते हैं जिससे जो है कैंडिडेट को दिक्कत हो प्रश्न नंबर एक सौ किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ था ऑप्शन ए इक्यानवा संविधान संशोधन अधिनियम बी तिहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम सी चौहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम या फिर डी बयालीसवा संविधान संशोधन अधिनियम इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर लगभग सबको पता होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तिहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम देखो फिर से सूची दी गई है सूची का यही फायदा है कि आपको चारों प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए प्रश्न एक सौ सूची वन को सूची टू साथ में सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए सूची वन और सूची टू आपने छागला आयोग का बना था इसको बताना है बी प्रशासनिक सुधार आयोग का बना सी गोरे समिति कब बनी या फिर डी सरकारी आयोग कब बना तो इसको मैच करना है यदि आप लोगों को इसमें से कम से कम नहीं दो या तीन मालूम होने चाहिए तभी इस प्रकार के सवाल साल्व हो पाएंगे इसीलिए आयोग जो है इस प्रकार के सवालों की संख्या बढ़ा रहा है तो छागला आयोग का जो बना था वो उन्नीस में बना था उन्नीस में ऑप्शन दो सूची का दो से प्रशासनिक सुधार आयोग यह बना था उन्नीस में गोरे समिति उन्नीस में बनी थी और सरकारी आयोग उन्नीस में बना था इस प्रकार से ए का टू से ए का टू से पहले ही मिल गया है तो इस तरह से ऑप्शन ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 117 का फिर से देख लीजिए छागला आयोग बना था उन्नीस में प्रशासनिक आयोग उन्नीस में गोरे समिति उन्नीस में बनी थी और सरकारी आयोग उन्नीस में बना था छागला आयोग का संबंध किससे था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये आपके लिए होमवर्क है कि छागला आयोग का संबंध किससे है प्रशासनिक आयो, सुधार आयोग का संबंध किससे वही समिति किस लिए बनी थी और सरकारी आयोग किस लिए बना था कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जरूर देखिए प्रश्न नंबर अट्ठारह ये भी अभिकथन और कारण है इस प्रकार के सवाल आपको दो तीन तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें भी यदि दोनों कारण और कथन दोनों नहीं पता है तो आप लोग नहीं कर पाओगे इसलिए ध्यान से इसको पढ़ो नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए दूसरे को तर्क आर कहा गया है अभिकथन ए भारत व पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर उन्नीस में हस्ताक्षर किए गए थे यह अभिकथन है तर्क आर इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे तो इसमें यह बताना है आपको कि ऑप्शन आप ए में ए सही ए और आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या है क्या सही है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है तो ये बताना है आप लोगों को और तो ये जब तक आप पढ़े नहीं होंगे जब तक कि आप तो ये पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक कि आप कारण और कथन को सही नहीं चुन सकते हैं तो देखिए जो अभी कथन है भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर उन्नीस में हस्ताक्षर किए गए थे ये बिल्कुल सही है और इस समझौते के लिए अन्य देशों की मध्यस्थता पर हस्ताक्षर हुए थे यह गलत है इसमें भी यह कहा गया था कि हम दोनों लोग आपस में समझ लेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बी यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच सी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत भारत के बीच, तो थन, D, भारत के बीच बीच इस इस प्रश्न प्रश्न प्रश्न का का सही सही उत्तर उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? होगा तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और समझौता हुआ था। नंबर 120 सामरिक परिसीमन संधि प्रथम एवं द्वितीय पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे ऑप्शन उन्नीस सौ उन्यासी बी उन्नीस सौ के बीच सी उन्नीस और अठहत्तर के बीच डी उन्नीस और 1970 के बीच बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उन्नीस और उन्नीस के बीच तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था तो ये प्रश्न आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था अब एक पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया जिसमें 120 सवाल आएंगे 120 में से 40 सवाल जीएस के होंगे 80 सवाल सब्जेक्ट के होंगे 80 सवाल हमने आपको बता दिए हैं 80 सवाल आपसे हमने डिस्कस कर लिए हैं बचे हैं आज के चालीस साल वो भी शाम तक के हम आपसे आप डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यदि कोई समस्या है तो मुझे या हमारा तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें सुझाव दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद